गाइज वैसे तो ट्रेनों के नाम किसी जगह या फेमस लोगों के नाम पर ही रखे जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि एक ट्रेन ऐसी भी है जिसे लोग एक बीमारी के नाम से जानते हैं जी हाँ गाइज पंजाब के भटिंडा से लेकर राजस्थान के बीकानेर तक चलने वाली ट्रेन नंबर 54703 को कैंसर ट्रेन भी कहा जाता है क्योंकि इस ट्रेन से सफर करने वाले 70 प्रतिशत लोग कैंसर पेशेंट होते हैं जो कि बीकानेर के आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर से ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं यहाँ कैंसर पेशेंट का काफी सस्ता इलाज और उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाती है वैसे गाइज क्या आपको इससे पहले तक इस खास ट्रेन के बारे में पता था और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए ए टू मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलता अगली वीडियो में